हे hey गाइज आप लोगों का प्यारे से YouTube चैनल टॉप टेन क्लासेस में स्वागत है तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मित्तल के न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर थ्री यानी इससे पहले पार्ट जो पार्ट टू वीडियो करके आया है उसमें हम लोगों ने मित्तल के कुछ सवाल को हल कर लिए हैं तो मित्तल के जो और कुछ सवाल हैं वो आज हम लोग हल करने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र जो है चल रहा है चैप्टर का नाम है तो गाइज सवाल स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर स्टार्ट श्टार, करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर करेंगे क्योंकि दोस्तों आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, आप लोगों की प्यार की है तो आप लोग इस चैनल के साथ और हम लोगों के साथ जो है प्यार अपना बनाए रखेगा तो आज की वीडियो को जो है आप लोग इतना शेयर कीजिएगा कि लगे की आपने जो है शेयर किया गाय इस तो उम्मीद के साथ जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए एनर्जी के साथ एक नई उमंग के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं ये क्लास को स्टार्ट करते हैं जो हम लोग जहाँ सवाल छोड़े थे वहीं पर इस सवाल को चल रहे हैं आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सवाल नंबर जो है जो वहां पर था था 20 तक था, उसके बाद शायद इक्कीस नंबर है अगर आप क्रम मिला लीजिएगा क्वेश्चन नंबर का समान आकार की दो सुचालक गोले सामान आकार की दो सुचालक गोले ए बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई पड़ रहा होगा आप पढ़ सकते हो ठीक दो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं प्रत्येक पर प्लस क्यूकुल आवेश है और तथा वे एक दूसरे को पाँच गुड़े दस घाते पाँच माइनस पाँच न्यूट्रन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं समान आकार का एक तीसरा गोला सी सी पहले ए से स्पर्श कराया जाता है और फिर बी को स्पर्श कराया जाता है तो आगे पूछ रहा है इसके पश्चात गोले ए और बी के बीच में रख दिया जाता है तो भाई गोले सी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए तो गाइस ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो ठोस सुचालक गोला है दो ठोस सुचालक गोला है भैया एक गोला ए है एक गोला क्या है बी है ध्यान दीजिएगा एक गोला ए है और एक गोला क्या है बी है ये ये गोला ए एक गोला बी ठीक इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दस घाते पाँच न्यूटन है इनके बीच जो लगने वाला बल है तो इनके बीच लगने वाले बल को एफ ए बी से व्यक्त कर देते हैं दस घाते माइनस पाँच न्यूटन का बल लगला लग रहा है ए और बी के बीच ध्यान से समझिएगा सवाल जरा सा भी हार्ड नहीं है और एक दो, दोनों पर समान आवेश है तो माना ए पर आवेश माना ए पर भी आवेश क्यों है बी पर भी आवेश क्यों है तो ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं यानी एक दूसरे को दूर की तरफ फेल रहे हैं गाइच तो, तो आगे कह रहा है कि एक तीसरा गोला जो सी है एक तीसरा गोला जो सी है उस पे भी समान आवेश है यहाँ जो तीसरा गोला सी है आपके पास ये गोला सी है जिसपे समान आवेश यानी Q है अब ये कह रहा है कि आप एक बार B से संपर्क करा लो एक बार ए से संपर्क करा लो संपर्क कराने के बाद इस गोले को इसके बीच में रख दो यार, तब पर लगने वाला कुल नेट बल क्या होगा? वही आपको ज्ञात करना है। सवाल कुछ समझ में आया तो सबसे पहले मुझे बल ज्ञात करने के लिए हमको जो है मान पता होना चाहिए किसका मान पता होना चाहिए R का मान पता होना चाहिए तो चले R का मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा ए और बी के बीच लगने वाला बल पहले अभी हम लोग स्थिति लिखते हैं कि ए और बी के बीच लगने वाला बल ये अभी यहाँ है बीच में हमने इसको नहीं रखा है ध्यान दीजिएगा इसको बीच में रखेंगे जब स्पर्श करा लेंगे तब सबसे पहले ए व बी के बीच गोले ए व बी के बीच लगने वाला बल के बीच लगने वाला बल ध्यान दीजिएगा गुलाम के नियम से हम लोग निकालेंगे लगने वाला बल FAB बराबर हमने पढ़ा के क्यू वन क्यू टू स्क्वायर ठीक तो ध्यान दीजिए K का मान कितना है K का मान आपके पास पता होना चाहिए नौ गुड़े दस घाते नौ होता है Q1 और Q2 इस पे भी आवेश क्यू है इस पे भी आवेश क्यू है तो क्यू टू क्यू हो गए बटे आर स्क्वायर एफ ए का मान कितना है दस घाते माइनस पाँच न्यूटन है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो आर स्क्वायर गुड़े दस घाते माइनस पाँच बराबर नौ गुड़े दस घाते नौ क्यू का गुड़ा q से कर दिए क्यू स्क्वायर आ गए इतनी बात समझ आई अब आप इनको इधर ले जाइए तो आपको आर स्क्वायर का मान मिलेगा 9 गुड़े दस घाते नौ गुड़े क्यू स्क्वायर ये इधर आए तो 10 घाते माइनस पाँच बटे में हो गए ये चीज़ ऊपर जाएगा तो 10 घाते माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो R स्क्यर का मान 9 गुड़े दस घाते नौ गुड़े क्यू स्क्र ये 5 ऊपर गए तो प्लस पाँच हो गए तो 9 5 कितने हो गए 14 तो R स्क्वायर का मान आया 9 गुड़े दस घाते नौ गुड़े क्यू स्क्र दस घाते कितना 9 5 14 हो गए थे ना तो यहीं कर लो नौ पाँच चौदह ये आर स्क्वायर की वैल्यू का इस ध्यान दीजिएगा जो कि आपको जरूरत पड़ने वाली है अब आइए प्रश्नानुसार चलते हैं प्रश्नानुसार क्या है कि सी को पहले ए के संपर्क में लाया गया सी को ए के संपर्क में लाने पर सी को ए के संपर्क में लाने पर ध्यान दीजिएगा संपर्क में लाने पर सी को ए के संपर्क में लाने पर चलिए तो सी को ए के संपर्क में लाते हैं तो आपको पता है जब ये गोला इस गोले के संपर्क में आएगा तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी ध्यान दीजिएगा दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी बट जाएगी तो हमने क्या बताया आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि दोनों गोले पर इस पे भी आवेश क्यों है इस पे भी आवेश क्यों है तो दोनों पर आवेश मात्र आवेश की मात्रा समान है तो दोनों पर आवेश बराबर रूप से बट जाएगी तो जब C को A के संपर्क में लाएंगे तो सी पर आवेश की मात्रा सी पर आवेश की मात्रा ने पर C पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी Q बटे दो हो जाएगी ध्यान दीजिएगा Q बटे दो क्योंकि ये जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो दोनों का आवेश बट जाएगा एक पर कितना हो जाएगा Q बटे दो हो जाएगा ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा Q बटे दो पुनः एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा सवाल को ध्यान दीजिए सी पर आवेश नहीं है सी पर आवेश आपका नहीं है ध्यान दीजिए हम लोगों ने थोड़ा सा सवाल पर ध्यान नहीं दिया सी पर आवेश नहीं है तो C पर आवेश नहीं है तो C को जब हम A के संपर्क में लाएंगे तो C और A पर आवेश बढ़ जाएगा अर्थात जितना C पर आवेश की मात्रा हो जाएगी उतना A पर भी आवेश की मात्रा हो जाएगी इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्या ध्यान दीजिएगा जितना C पर आवेश की मात्रा है उतना अब A पर भी हो जाएगा A पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी ए पर आवेश की मात्रा हो जाएगी क्यू बटे दो अब सी को बी के संपर्क में लाते हैं सी को किसके संपर्क में लाते हैं बी को सी को बी के संपर्क में लाने पर सी को बी के संपर्क में लाने पर सी व बी पर आवेश सी व बी पर आवेश क्या होगा दोनों पर आवेश बढ़ जाएंगे ध्यान दीजिए किसी भी दो आवेश को संपर्क मिलाओगे आवेश समान रूप से दोनों में बट जाते हैं तो C पर आवेश कितना आएगा इस देखिए Q बटे कितना है दो है Q बटे कितना है दो है और B पर अब B पर C को B के संपर्क में लाया गया तो ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जब आपने सी को बी के संपर्क में लाया तो बी पर आवेश कितना है ध्यान दीजिए ध्यान दीजिएगा तो जब C को B के संपर्क में लाया गया तो C और B पर आवेश क्या हो जाएगा इस पे आवेश Q बटे दो था तो इसका भी आधा हो गया इसका आधा हो गया तो क्या आ गया Q बटे चार अर्थात अब आपको क्या मिला C और B पर जो आवेश की मात्रा आ गई वो क्या आ गई Q बटे चार आ चुकी है अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि सी को ए और बी के बीच रख देते हैं गोले सी को ए व बी के बीच रखने पर लगने वाला कुल बल लगने वाला कुल बल ध्यान दीजिएगा लगने वाला कुल बल एफ बराबर क्या हो जाएगा इनके द्वारा इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल और इसके द्वारा इस पर ध्यान दीजिए यदि इमेजिन किया जाए कि ये गोला सी जो है ये गोला सी इस बार यहाँ ला के रख दिया जाए तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल हो जाएगा एफ ए सी क्या हो जाएगा एफ ए सी और इसके द्वारा लगने वाला बल हो जाएगा एफ बी सी ठीक सबके मान रख देते हैं FAC बराबर होता है के क्यू वन क्यू बटे आर स्क्र यहाँ भी वही हो जाएगा के क्यू वन बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ध्यान दीजिएगा के क्यू बटे के क्यू वन बटे क्या हो जाएगा आर स्क्र हो जाएगा इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए अब आप क्या करोगे गाइज K और K क्या है कॉमन है के क्या है इनमें कॉमन है तो आपके सामने Q1 बच जाएगा क्या बचेगा Q1 Q2 क्यू टू बटे आर स्क्र एक मिनट ध्यान से समझिए यहाँ जो R है वो बीच में रखा गया है तो वो R बटे कितना हो जाएगा दो हो जाएगा क्योंकि जो दूरी R थी इनके बीच में वो दूरी अब बट गई ना आधी दूरी इधर हो गई आधी दूरी इधर हो गई तो जहाँ आर है वहाँ हम लोग आर बटे करेंगे स्क्र करेंगे और यहां पर भी वही कर देंगे Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R बटे दो का होल स्क्र आइए सबको मान रखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि आपका क्या है दोनों में कॉमन हो चुका है आगे Q1 Q2 का मान रखते हैं तो Q1 के स्थान पे यहां क्या कर लीजिए QA कर लीजिए Q2 के स्थान पे QC और फिर यहाँ Q1 के स्थान पे क्या कर लीजिए QC सी यहाँ क्यू तो आपको आसान रहेगा कि QC QB क्यू बी यानी सी और B पर आवेश और क्यू और QC सी यानी ए और C पर आवेश तो चलिए C अब देखिए A पर आवेश तो A पर आवेश कितना है Q बटे दो है तो यहाँ रखते हैं K फिर क्या आ जाएगा Q बटे दो फिर कितना है भैया C पर आवेश तो C पर आवेश कितना है C पर आवेश कितना है ध्यान दीजिए अब सी पर आवेश आ गया Q क्यू बटे 4 क्यू बटे चार और बटे ध्यान दीजिए फिर यहाँ कितना R तो R स्क्र कर लेंगे R स्क्र बटे कितना आ जाएगा 4 आराम से हल कीजिए कोई दिक्कत नहीं है फिर अब देखिए क्यू सी पर आवेश कितना है क्यू सी पर आवेश है क्यू बटे चार और क्यू बी पर भी आवेश कितना है Q बटे चार और यहाँ क्या करेंगे R स्क्र बटे कितना हो जाएगा चार तो इनको हल करते हैं ये आएगा k यहाँ q का q से गुड़ा किए आप क्यू स्क्वायर आ गया चार धुनी कितना हो गया आठ अब इनका वर्क किए तो ये आर स्क्वायर और ये बटे कितना आ गया चार ध्यान दीजिएगा अब प्लस ये q का गुड़ा q से किए क्यू स्क्र चार चौके सोलह और ये आ गए आर स्क्वायर बटे कितना चार ठीक तो आप देखिए ये काट सकते हैं चार एक के, चार, चार दूनी आठ चार, चार चार चार दस तो आपके सामने लास्ट में ऑप्शन क्या, तो क्या, क्या बचा है आप देख पा रहे होंगे तो क्यू स्क्चा है क्यू स्क् उसके बाद बटे कितना बचा है दो आर स्क्र दो आर स्क्र और यहाँ कितना बचा है क्यू स्क्वायर बटे चार आर स्क्वायर सबका मान आप रख दीजिए केवल बस अगर हम आपसे कहें कि यहाँ से क्या आपका कुछ कामन हो सकता है जी बिल्कुल कामन आप ले सकते हैं आर का मान रखते हैं जरा सा आर का मान कितना है देखिए आर स्क्वायर का मान है नौ गुड़े दस घाते चौदह गुड़े रख के हल करते हैं तो नौ गुड़े दस क्यू स्क्र क्यू स्क्र को पड़े रहिए दि, रहने दीजिए बटे कितना है? दो आर का मान कितना है नौ गुड़े दस घाते कितना क्यू स्क् प्लस वही क्यू स्क्र यहाँ भी नोट करते हैं यहाँ चार है गुड़े आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर का मान यहाँ पड़ा है ना देखिए नौ गुड़े दस घाते क्यू स्केर से क्यू इसके कैंसिल हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ये क्यू स्के से ये क्यू इसके कैंसिल हो जाएगा तो आपके सामने ये बचा आप ये देखिए नौ गुड़े दस घाते कितना हो गया नौ अब यहाँ आपके सामने एक बच्चे एक बटे देखिए कुछ कामन है अगर आप ध्यान से समझिए तो नौ गुड़े दस घाते चौदह नौ गुड़े घाते चौदह आपके क्या हैं गए यहाँ से कामन है क्या है कामन है तो आप क्या कीजिए कि इसको भी कामन लीजिए तो इनको कामन लेंगे तो एक बटे नौ गुड़े दस घाते चौदह आ जाएंगे अब अब ब, क्या बचा है एक बटे दो बचा है और यहाँ एक बटे कितना बचा है चार बचा है देखिए ये नौ से नौ कैंसिल ये ये कैंसिल तो यहाँ कितना बचा आपका पाँच बचा कितना बचा पाँच ये ऊपर चला जाएगा तो ये दस घाते कितना आ जाएगा माइनस और यहाँ चार और दो का एल्शियम कितना आ जाएगा चार दो दूना चार तो दो आ जाएंगे चार के चार तो तीन आ जाएंगे कितना आ गया तीन बटे चार तीन बटे चार गुड़े दस घाते माइनस पाँच दस घाते कितना आ गया गाय जहाँ माइनस पाँच आ गए चलिए गाय ध्यान देते हैं अब हम लोग इनको इससे डिवाइड करते हैं इनको इससे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है आप जब तीन को चार से डिवाइड करेंगे तो लगभग जीरो दशमलव सात पाँच आ रहा है इनको डिवाइड किए तो जीरो दशमलव सात पाँच गुड़े दस घाते माइनस पाँच अगर हम इस पॉइंट को एक अंक इधर लेके चले जाएं, तो सात दशमलव पाँच गुड़े दस घाते माइनस छ न्यूटन आएगा ये आपका टोटल बल निकल के आएगा गा गाईस? ध्यान दीजिएगा ये आपका इस प्रकार टोटल बल निकल के आ गया आपको करना क्या था सवाल आपका जरा सा भी लंबा नहीं है गा ध्यान दीजिएगा आपसे कह क्या रहा था ए और बी दो गोले हैं दोनों पर आवेश की मात्रा समान है तो इनके बीच दस गाते माइनस पाँच न्यूट्रन का बल लग रहा था तो आपने किया क्या, क्या कि वहाँ से आर एस आर की मान निकाले आर स्के का मान आपको ये मिला फिर कहा कि कोई एक गोला C है कोई एक गोला C है एक बार A के संपर्क में लाया गया A के संपर्क में लाए तो C और A पर आवेश की मात्रा आधा आधा हो जाएगा तो C पर भी Q बटे दो हो गए A पर भी Q बटे दो हो गए फिर इसी C को B के संपर्क में लाया गया तो C पर तो पहले से ही Q बटे दो था तो उसका आधा हो गया क्यू बटे चार हो गए तो बी और सी पर आवेश हो गया क्यू बटे चार अब कर रहा है इसको आप बीच में रख दीजिए और इनके इन इन दोनों के कारण इस पे लगने वाला कुल बल तो इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाले बल का मान एफ ए सी और एफ बी निकाल लिए और हल कर दिए तो आपका ये आ गया सात दशमलव पाँच गुड़े दस घाती है माइनस छः तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो आप स्क्रीन लेना चाहते हो तो स्क्रीन ले सकते हो और अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं <laughs> तो आप नोट कीजिए इसको आइए देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कर रहा है दो ठो बिंदु आवेश हैं एक प्लस नौ ई है तथा एक प्लस ई है ध्यान दीजिए आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न पढ़ लीजिए दो ठो बिंदु आवेश ठीक थोड़ा सा छोटा था छोटा बिंदु आवेश बनाते हैं दो ठो बिंदु आवेश है एक पर नौ है और एक पर क्या है ई है एक पर नौ ई है और एक पर ई है एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ए और बी के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर करा कि इनके बीच एक आवेश कहां पर रख दें इनके बीच एक आवेश क्यों कहां पर रख दें कि लग रखा जाए वह संतुलन में हो यानी इनके बीच कोई एक आवेश क्यों है उसको आप कहां पर रखोगे कि उस पर विद्युत क्षेत्र का मान इसके और इसके द्वारा लगने वाला मान बराबर हो तो भाई हम मानते हैं वो बिंदु मान लेते हैं वो बिंदु C है जिस जिसपे क्यों आवेश को रख दिया जाए तो लगने वाला विद्युत क्षेत्र का मान संतुलन होगा अर्थात बराबर होगा बात समझा रही है तो मानते हैं वो बीस यक्स मीटर की दूरी पर बीस एक्स मीटर की दूरी पर है तो भाई इधर x हो गए तो ये जो बची दूरी है ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा इतनी बातें आपको जरूर समझनी चाहिए तो आइए हम लोग हल करते हैं ध्यान से समझिएगा मानते हैं माना क्यू को माना क्यू को बिंदु C पर रखें बिंदु C पर रखें रखें जिस पर जो कि जो कि बी से एक्स मी जो कि b से x सेंटीमीटर दूरी पर है x सेंटीमीटर दूरी पर है जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र का मान संतुलन रहेगा या समान रहेगा ठीक विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा आइए ध्यान दीजिएगा आप सवाल को समझिएगा कि अर्थात ये माइनस नौ ई जो है इस पे जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उतना ई भी इसपे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा अर्थात सी पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होगा ए के कारण ये हो जाएगा और B के कारण ई बी हो जाएगा दोनों का मान समान हो जाएगा ध्यान दीजिएगा अब ई ए का फार्मूला हम जानते हैं 1 बटे फोर पाई एफ साल नाट क्यू बटे आर स्क्र होता है यहाँ हो जाएगा 1 बटे फोर पाई एफ साल नाट क्यू बटे आर स्क्र ठीक दोनों बराबर हो गए अब भाई इनकी और ये ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे का मान कितना है नौ इलेक्ट्रॉन है तो नौ इलेक्ट्रॉन बटे R स्क्वायर R कितनी है भैया सोलह माइनस एक्स है स्क्वायर कर लिए कोई दिक्कत नहीं अब Q भी कितना है एक इकलौता इलेक्ट्रॉन है और R कौन है X स्क्वायर है बात समझ में आ रहा है आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए चलिए ध्यान से समझिएगा अब हम करते क्या है यहाँ हल करते हैं तो ये आगे ऊपर नौ नीचे 16 माइनस का होल इसका प्रसार कर देते हैं तो इसका होता है ए स्का प्लस बीस क्या माइनस तो 16 का वर्क करोगे गाइस तो 256 इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बत्तीस एक्स माइनस क्योंकि माइनस टू होता है ना बराबर e बटे कितना आ गया एक्स स्क्वायर ई e बटे कितना आ गया एक्स स्क्वायर अब हम लोग करते क्या है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई इनसे कर देंगे इनका मल्टीप्लाई हम लोग इनसे कर देंगे आइए हल करते हैं चलिए तो इनको हल करेंगे तो e का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा कितना आ जाएगा देखिए इनका इनसे गुड़ा करेंगे तो नौ ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा कितना आ जाएगा नौ ई एक्स स्क्वायर देख रहे हैं ना कितना आ जाएगा नो ई एक्स स्क्वायर या तो आप कीजिएगा इस ध्यान दीजिए ये ये ये ई ई ई यहाँ से कैंसिल कर दीजिए यहाँ 9 की झंझट खत्म हो जाएगी तो 9 का गुला एक्स से करोगे तो नौ एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाकी इधर सबका गुला कर दोगे तो एक आ जाएगा दो क्योंकि इधर एक है ना तो प्लस कितना आ गया एक्स स्क्वायर आया फिर माइनस कितना है बत्तीस एक्स ध्यान दीजिएगा अब सबको एक तरफ कर लेते हैं इनको सबको इधर बुलाते हैं तो ये नौ ये इधर आया तो माइनस वो इधर आया तो प्लस बत्तीस ये माइनस दो बराबर जीरो सब इधर आए तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो नौ में से एक घटा दोगे भाई तो आठ एक्स उसके प्लस कितना है बत्तीस एक्स माइनस दो बराबर जीरो देखिए आठ से सब में भाग जा सकता है तो आठ से भाग दे देते हैं आठ से भाग देने पर भाई जब आठ से भाग दोगे तो आठ एक के यानी एक्स आएगा आठ चौके बत्तीस यानी चार एक्स यहाँ आठ तिर चौबीस एक बचा आठ दूनी सोलह बत्तीस बराबर जीरो तो आपने भाग दे दिया ये आ गया अब हमको इसका गुणनखंड करना बत्तीस का गुणनखंड ऐसा करना जिससे कि चार आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड कर सॉरी गुणनखंड करते हैं चलिए इसका गुड़नखंड करते हैं तो इसका गुलनखंड करने सबको आता होगा का प्लस आठ एक्स माइनस बत्तीस बराबर जीरो जिनको नहीं आता 32 का हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे 32 का गुणनखंड करेंगे तो आठ चौके 32, आठ में से चार घटा दिए चार आ गया ठीक वही लिखा गया है अब क्या करते हैं दोनों में कामन लेते हैं तो एक्स कॉमन था तो एक्स प्लस आठ आ गया यहाँ दोनों में माइनस कॉमन है तो यहाँ एक्स बचा यहाँ माइनस हो चुका है प्लस चार थे यानी आठ आ गए बराबर दोनों में क्या कामन है x प्लस आठ कामन है दोनों में क्या कामन है x प्लस आठ अगले में क्या कामन है x माइनस चार बराबर जीरो एक बार x प्लस आठ बराबर जीरो करते हैं आठ उधर गया तो क्या आ गया x बराबर माइनस आठ और एक बार x माइनस चार बराबर जीरो करते हैं x बराबर क्या आ गया चार तो भाई ध्यान दीजिएगा ये दूरी ये माइनस है तो ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि जो दूरी है वो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती तो एक्स बराबर कितना आ गया चार यानी बी से जो है बी से उसकी दूरी चार सेंटीमीटर है और ए से सोलह में से चार घटा देंगे तो बारह आ जाएगा तो लिखते हैं बी से बी से कितना चार सेंटीमीटर ना बी से चार सेंटीमीटर तथा ए से बारह सेंटीमीटर दूरी पर स्थित स्थित बिंदु सी है स्थित बिंदु क्या है सी है जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा समान होगा यही पूछ रहा था आप इसे ऐसे हल कर सकते हो, इस ये यह सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है गाइज अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आपको सवाल समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा काफ़ी मेहनत किए जाते हैं आप लोगों के लिए ठीक आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन इस क्रम में क्या है 23 नंबर करा है कि दो ठो बिंदु आवेश क्रमशः पाँच गुड़े दस घाते तथा 10 गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस एक मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं कितनी दूरी पर रखे हुए हैं एक मीटर की दूरी पर स्थित है सबसे पहले दो ठोपिंद आवेश बना लेते हैं Q1 का मान आपको दिया है Q1 का मान दिया 5 गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस गुलाम का मान है 10 गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस ध्यान दीजिए ठीक आगे क्या कर रहा है बीच की दूरी इनके कितनी है एक मीटर है बीच की दूरी कितनी एक मीटर है? अर्थात ये एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित है कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है एक मीटर की आगे कह रहा है कि भाई दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हम मान लेते हैं वो रेखा क्या है वो बिंदु सी है ये ए था ये बी था तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी तो यहाँ से मानते हैं ए से कितनी दूरी पर है एक्स दूरी पर है ए से एक्स दूरी पर है तो ये दूरी वन माइनस कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी ये दूरी वन माइनस कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी तो लिखेंगे माना वो बिंदु क्या है सी है माना वह बिंदु क्या है सी है जो कि ए से एक्स मीटर की दूरी पर है एक मीटर की दूरी पर है जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा समान होगा जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा ध्यान दीजिएगा समान होगा तो हम करते क्या है इसके लिए ए अब ध्यान दीजिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र है ए ए के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ए ए और बी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ए बी हो गए इसका फार्मूला के क्यू ए बटे आर स्क्र इसका फार्मूला के क्यू बी बटे आर स्क्र देखिए ध्यान से ये के से के कैंसिल हो जाएगा क्यू ए का मान कितना है पाँच गुड़े दस आर इसके लिए कितना है एक्स है भैया कितना है एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का मान कितना है दस गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस इसके लिए आर का मान कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक ये दस घाते माइनस उन्नीस दस घाते माइनस उन्नीस से कैंसिल पाँच के पाँच पानदूनी दस तो आपके सामने क्या बचागा इस ध्यान दीजिएगा आपके सामने बचा है एक बटे कितना बचा है एक बटे एक्स स्क्वायर साथ में क्या बचा है दो बटे दो बटे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर बराबर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो इधर से हम लोग क्या करते हैं दो को इधर की तरफ भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा वन माइनस का होल स्क्वायर बटे दो अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर करड़ी लग जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा ध्यान दीजिए इधर करड़ी लगेगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कलड़ी बटे 2 तो ये कड़ी से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा x बराबर वन माइनस एक्स बटे कितना आ जाएगा करड़ी में 2 ये आ गए अब आप करोगे क्या ध्यान से समझिएगा x बराबर कितने आ गए 1 माइनस एक्स में कितना आ गया दो अब आप क्या करोगे गाइस अब आप कीजिए क्या बटे एक कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करड़ी में दो एक्स बराबर वन माइनस एक्स आ गए इनका इनसे मल्टीप्लाई तो एक्स इधर आया तो करडी में दो एक्स प्लस कितना आ गया एक्स बराबर उधर कितना बचा एक दोनों में एक्स कितना है दोनों में एक्स क्या है कॉमन है तो इधर बचा करड़ी में दो यहाँ कुछ नहीं बचा तो हो गए बराबर एक एक्स की वैल्यू चाहिए तो इनको बटे में कर देंगे तो एक्स बराबर एक बटे कड़ी में दो प्लस कितना आ जाएगा एक तो गाइस इसको आप हल करोगे तो एक्स का मान आ जाएगा जीरो दशमलव चार एक चार मीटर अंडर दो का मान आप चार दशमलव एक दशमलव चार एक रख के हल करेंगे तो एक्स का मान इतना आ जाएगा ये मीटर में आया है अगर हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो दो पॉइंट आप इधर ले जा सकते हो क्या करोगे गाइज ध्यान दीजिएगा कि इनको हम लोग दो पॉइंट इधर की तरफ ले जा सकते हैं अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहोगे तो तो हम इनको लिख सकते हैं ध्यान ठीक भैया तो हम करते क्या है चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दो इसे लिख देंगे एक्स बराबर कितना इकतालीस दशमलव चार इकतालीस दशमलव चार सेंटीमीटर सौ का गुड़ा कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में हो जाएगा न तो ये तो जैसे सौ का गुड़ा करोगे पॉइंट दो अंक इधर आ जाएगा तो इकतालीस सेंटीमीटर अर्थात वो इकतालीस सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत छेद की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा समान हो जाएगा ए से कहाँ से ए से ध्यान दीजिएगा आपको कुछ नहीं करना था गाइज आपने माना वो बिंदु सी ए और बी से बिंदु सी है जो कि ए से एक सौ मीटर की दूरी पर है जहाँ पर पैलामी विद्युत छेद की तीव्रता समान हो जाएगी यही मानना है ठीक गाइज ध्यान दीजिएगा पैलामी विद्युत छेद की तीव्रता क्या हो जाएगी समान हो जाएगी तो आपने क्या किया लिखा यही फिर इस पे इसके द्वारा विद्युत छेद की तीव्रता और इसके द्वारा इस पे विद्युत छेद की तीव्रता दोनों इक्वल है तो हमने फार्मूला लगाया हल किया गाइज तो इस प्रकार यहाँ पर हल करने के बाद आपको उत्तर मिला x बराबर जीरो दशमीरो चार एक चार मीटर क्या तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप दोबारा इसको देखिएगा अगर तब भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे गाइज चलिए गाइज़ ध्यान देते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है क्रम नंबर आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा क्रम नंबर है ध्यान दीजिएगा आगे पीछे हो सकता है 24 नंबर है क्या साथ क्या कह रहा है दो बिंदु आवेश जिसके मान क्रमशः एक माइक्रोकुल तथा माइनस जीरो दशमलव दो पाँच माइक्रोकुल है तो ध्यान से समझिएगा दो बिंदु आवेश है जिनका मान कुछ इस प्रकार दिया गया है कि का मान कितना है ध्यान दीजिएगा यहाँ कर रहा है एक माइक्रोकुलाम यहाँ कितना है एक माइक्रोकुलम का कोई आवेश रखा गया है यहाँ माइनस जीरो दशमलव दो पाँच माइक्रोकुल का आवेश रखा गया है अब दोनों को दोनों जीरो दशमलव चार जीरो मीटर की दूरी पर हैं ध्यान दीजिएगा दोनों जीरो दशमलव चार जीरो मीटर की दूरी पर हम इनको जीरो दशमलव चार भी कह सकते हैं कोई मतलब है नहीं जीरो का मतलब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ जीरो भी कह सकते हैं आगे क्या करा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कि किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाए कि उस पर कोई बल ना लगे तो भाई इस प्रकार का सवाल अभी आप लोगों ने इससे पहले देखा है तो आइए हम लोग क्या करते हैं ये मान लेते हैं ये बिंदु ए है ये बिंदु क्या है बी है तो ए पर आवेश जो है वो क्यू है क्यूवे का मान एक माइक्रोकुल है इनको चेंज कर देंगे तो एक गुड़े दस घाते माइनस छ हो जाएगा और बी पर आवेश जो है क्यू है वो कितना है माइनस जीरो दशमलव दो पाँच गुड़े दस घाते माइनस कितना हो जाएगा छः अच्छा ठीक माइनस यहाँ ये यह बता रहा है कि ऋणात्मक आवेश है ये क्या है धनात्मक आवेश है तो सबसे पहले स्थिति मानते हैं गाइस हम लोग क्या मानते जानते हैं वो मानते हैं माना बिंदु सी अगर क्या करते हैं गोले के इन दोनों केवेशों के कहीं पर रखते हैं तो ध्यान दीजिए यदि हम माने कि वो बिंदु सी यहाँ पर रख दें तो प्लस क्यों आवेश होगा तो सोचिए अगर हम यहाँ प्लस क्यों आवेश रखेंगे तो ये प्लस वाला इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ फेलेगा ठीक और ये माइनस वाला भी इसको अपनी ओर ही खींचेगा तो दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हो जाएगी गाइज तो जब दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हो जाएगी तो बल का मान शून्य कभी नहीं हो सकता तब बल तो आपस में जुड़ जाते हैं जब दिशा एक ही हो गई तो बल आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं ते दिशा विपरीत होगी तब ही बल शून्य होने की स्थिति है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ये जो बिंदु सी है ये इसके मध्य में कहीं पर रखने पर बल शून्य होने वाला नहीं है हम मानते हैं माना वो बिंदु सी का यहाँ पर है माना वो बिंदु सी यहाँ पर है जिस पे लगने वाले बल का परिणाम ही शून्य हो जाएगा मान लेते हैं वो बी से कितनी दूरी पर है आर दूरी पर बी से कितनी दूरी पर आर दूरी पर है तो यहाँ से यहाँ तक आर दूरी पर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में ये जुड़ जाएगी जीरो दशमलव चार प्लस क्या हो जाएगा आर यानी ए से सी के बीच की दूरी ये हो जाएगी बात समझ में आई अब आइए देखिए सी पर बल का मान कैसे शून्य होगा आप वहाँ देखिए सी पर बल क्या होगा ध्यान दीजिए सी पर बल क्या हो जाएगा ये माइनस है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखोगे आप क्या रखोगे प्लस क्यू आवेश रखोगे परीक्षण आवेश रखोगे तो ये माइनस वाला क्या करेगा इसको अपनी तरफ प्रतिकर्षित करेगा इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा एफ बी मान लेते हैं और ये प्लस वाला क्या करेगा इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा तो इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा मान ली एफ ए बात समझ में आ तो एफ ए और एफ बी सी पर लगने वाले बल दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए तो अब हम कह सकते हैं कि इस बिंदु C पर इसके और इसके द्वारा लगने वाले बल का मान समान हो गया जिसके कारण बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा तो मानेंगे क्या लिखते हैं माना माना वह बिंदु सी है माना वह बिंदु क्या है सी है जिस पर जिस पर बल का परिवार जिस पर जिस पर बल का परिवार या बल का मान बराबर है बल का मान क्या है बराबर है ध्यान दीजिएगा तो सी पर लगने वाला बल हो जाएगा एफ ए बराबर क्या हो जाएगा एफ बी तो चलिए एफ ए का मान क्या रखेंगे हमने पढ़ा है K Q1 Q2 क्यू टू बटे आर स्क्यार यहाँ क्यूए और QB कर लेते हैं यही हाल यहाँ भी हो जाएगा क्या हो जाएगा K QA QB बटे कितना हो जाएगा आर स्कर ध्यान दीजिए गाइज आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा अब एक मिनट आप अच्छे तरह चलिए अगला रखते हैं यहाँ एक मिनट गाइज यहाँ क्यू फिर क्या रख देते हैं क्यू रखते हैं फिर अब भी का मान क्या है के क्यू वन क्यू टू अपान कितना हो गया आर इसका है तो चलिए आर का मान रखते हैं और क्यू वन क्यू टू का मान रखते हैं के से के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्यू वन का मान कितना है ये है आपका क्यू वन ही क्यू ए है और क्यू टू ही क्या QB है क्यू भी है ठीक भैया ध्यान दीजिएगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्यू नहीं इसको मान सकते हम लोग इस चित्र से देखेंगे Q1, Q2 क्या काम कर रहा है देखिए ये क्या है A और C के बीच तो A के बीच ये Q1 है और Q2 कौन है ये है Q1 ये है Q2 आपका ये है तो चलिए Q1 का मान कितना है 1 गुड़े दस घाते माइनस और Q2 का मान क्या है आपका Q है बटे R तो R कितनी है भाई 0.4 0.4 चार।, चार प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर इधर चलिए Q1 का मान इस बार कौन है 0.25 दशमलव दो का मान फिर वही Q है गुड़े कितना हो गया 10 गाते -6 है ना देखिए 0.25 10 गाते -6 R तो बीच की दूरी वही है आर इसके आर. अब हम करते क्या है? ये Q ये Q से कैंसिल ये 10 घाते माइनस छ दस घाते से कैंसिल तो इधर आपके सामने क्या बचा है ध्यान दीजिए इधर आपके सामने बचा है एक क्या बचा है एक जीरो दसमलव चार प्लस आर का होल स्क्वायर जीरो दशमलव चार प्लस आर का होल स्क्र ठीक दूसरा क्या बचा है दूसरा आपके सामने बचा है जीरो दसमलव दो पाँच बटे आर स्क्यर कितना आर स्क्वायर आइए हम लोग इसको हल करते हैं अगर इस पॉइंट को काटा जाए तो यहाँ हंड्रेड आ जाएगा क्योंकि यहाँ एक आगे डबल संख्या था हमने 100 हटा लिए तो देखिए पच्चीस इक्कीस 25 25 चौके 100 यानी आपके सामने क्या मिला है एक बटे जीरो दशमलव चार प्लस आर का होल इसके बराबर एक बटे चार आर स्क्यार आया है कितना आया चार आर स्क्यार आया है और हम करते क्या है यहाँ से जो है अगर हम करें क्या इनका इनसे मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों का क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते या तो हम करते क्या है इधर दो इधर से दोनों तरफ से क्या करते हैं करड़ी हटाते हैं क्या करते है? हटा। आ, हैं करड़ी हटाए सॉरीज अंडर यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो अच्छे तरीके से आपको पता है हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग वो कर लेते हैं इधर से स्क्वायर हटाए था इन दोनों का स्क्वायर हटाओगे तो इस प्रकार लिख सकते हो एक बटे जीरो दशमलव चार प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर एक बटे चार को दो कर रहे हैं दो आर का होल स्क्वायर देखिए दो आर का होल स्क्वायर करोगे तब भी चार आर स्क्यर आएगा यहाँ जीरो दशमलव चार प्लस आर का होल स्क्वायर कर दिए ये होल स्क्वायर होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा अब आपके सामने बचा एक बटे बराबर एक बटे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 2r आर बराबर जीरो दशमलव चार आ गए ये r इधर आ जाएंगे 2r आर कितना हो जाएगा r बराबर जीरो दशमलव में से एक आर घटा दी r आ गया 0.4 तो r का मान कितना, कितना आ गया 0.4 कितना आ गया r का मान 0.4 आ गया अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप 0.4 कहने का मतलब ये है कि हम लोग करते क्या है कि B से अगर 0.4 मीटर मीटर था ना हाँ मीटर था 0.4 मीटर की दूरी पर अगर आवेश रख देते हैं कहाँ से B से 0.4 मीटर दूरी पर आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान समान हो जाएगा अगर A से पूछा तो A से 0.4 और 0.4 जोड़ दो तो 0.8 हो जाएगा अर्थात कहने का मतलब है कि B से यदि Q आवेश को चार जीरो मीटर दूरी पर रखे तब आवेश बल शून्य हो जाएगा और A से 0.8 मीटर दूरी पर रखे तब लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा तो गाइज इस प्रकार आप लोग जो है सवाल को हल कर सकते हो आप वीडियो पहुँच करके नोट कीजिएगा या तो स्क्रीन शॉट लीजिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं पर सवाल से भागीगा मत गाइज और मेरे चैलेंज है आप लोगों के साथ गाइज कि हर एक चैप्टर का आपको मित्तल का हर एक सवाल मिलेगा कोई दिक्कत नहीं हर एक संडे को आपकी क्लास आती पर थोड़ी सी गाइज एक बात है आप लोग जो है प्यार अपना नहीं दिखा रहे हो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है हफ्ते में आपको अगर आप इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए इतना प्यार दीजिए तो आपको ये हर एक जो आपको हफ्ते में एक लेक्चर आ रहा है इसका हफ्ते में आपका दो लेक्चर आने लगेगा अगर आप लोग इस बार इस वीडियो को जो है अच्छा खा, अच्छा खासा प्यार दिए अगर आपने जो है इस वीडियो को जो है 500 या 1000 के व्यूज़ में पहुंचाए तो हम आप तो ये जो आज की लेक्चर हर एक रविवार को आती है तो आपको हफ्ते में दो दिन मिलने लगेगी क्लासेस तो आपके प्यार के ऊपर डिपेंड करता है हर एक क्लास गाइज तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग इस बार इस वीडियो पर काफ़ी प्यार जताओगे अपना तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं चलिए गाइज हम लोग अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका कह रहा है ना कि आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई पड़ रहे होंगे गाइज हर एक सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं जो हम पढ़ते हैं उसको आप मिला लिया करो क्या सवाल वही बताया जा रहा है क्या कोई दूसरा सवाल नहीं हो सकता तो आप उसको जरूर मिलाया करें ठीक ध्यान दीजिए क्या है कह रहा है कि पांच गुड़े दस घाते माइनस चार कुल मावेश पर दो दशमलव दो पांच न्यूटन का बल कार्य करता है तो उस बिंदु पर विद्युत छेद की तीव्रता क्या होगी उस बिंदु पर विद्युत छेद की तीव्रता क्या होगी सोचिए क्या कह रहा है कि ये पाँच गुड़े दस घाते माइनस चार गुलाम आस यानी क्यू का मान पाँच गुड़े दस घाते माइनस चार कुलम दिया है ठीक आगे कर रहा है आवेश पर दो दशमलव दो पाँच न्यूट्रन का बल कार्य करता है यह बराबर हो गया दो दशमलव दो पाँच न्यूट्रन का बलकारी करता है ठीक अब आपको क्या करना उस बिंदु पर वैद्य उद की तीव्रता अर्थात ई पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा आपको ई पूछा है तो आप क्या करेंगे आपको बताया गया था E बराबर क्या होता है होता है, बटे बटे तो का मान कितना है? दो दसमलव दो पांच दो दशमलव दो पांच बटे क्यू नाट क्यू का मान या तो आप Q भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो Q का मान कितना है पाँच गुड़े दस घाते माइनस चार ध्यान दीजिए ये आप प्वाइंट काटोगे तो यहाँ पर जो है एक लिख के डबल जीरो लग जाएगा क्योंकि एक यहाँ दशमलव के नीचे आगे दो अंक थे ये हो गए तो आपके सामने क्या आया दो बटे पाँच ये 10 घाते माइनस चार ऊपर चला जाएगा तो प्लस दस घाते चार हो जाएगा और नीचे कितना हो गया 100 को आप 10 घाते 2 लिख सकते हो ये दो यहाँ से कट जाएंगे 5 एक के पाँच चौके बीस पाँच पच्ची पचीस यानी 45 आ जाएगा 45 गुड़े दस घाते दो कितना आ गया दस घाते दो आ गए तो भाई आपका ई का मान ये आ गया पैंतालीस गुड़े दस घाते दो आप आगे इसको और हल करना चाहते हो तो और हल कर सकते हो आपका आंसर आया है चार दशमलव पाँच गुड़े दस घाते तीन चार दशमलव पाँच तो आप ये जो पॉइंट यहाँ पर है वो पॉइंट आप यहाँ पर ला दीजिए तो चार दशमलव पाँच गुड़े दस घाते तीन ये ई का मान आ गया तो इस प्रकार आपका 25 नंबर सवाल कंप्लीट होता है आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं हम लोग आगे चलते हैं अगली सवाल क्या है अगली सवाल क्या है 26 नंबर ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 26 आपसे क्या करा है एक आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न नंबर 26, एक अल्फा पंद्रह 15 दस घाती चार न्यूटन प्रतिकुलाम वैद्य क्षेत्र में स्थित है ध्यान दीजिए वैद्युत क्षेत्र का मान दे दिया e बराबर पंद्रह गुणे दस घाते चार न्यूटन प्रतिकुलाम ठीक न्यूटन प्रति प्रतिकुलाम वैद्युत क्षेत्र में से उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए अर्थात यफ ज्ञात करना है यफ ज्ञात करना यफ ज्ञात तब होगा जब आपको आवेश पता होगा तो क्यूँ का मान दिया है एक अल्फाकड़ क्यू का मान दिया है एक अल्फाकर तो अल्फाकड़ पे आवेश कितना होता है अल्फा कड़ पर आवेश होता है दो गुड़े एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ध्यान दीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो क्या होगा आप यहाँ ध्यान दीजिए तो ये हो गए दो गुड़े एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है एक दसमलव छः गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस तो गुड़ा कर दें सोलह दूनी तो सो तीन ठीक तीन दशमलव दो गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस गुलाम ये क्यू का माना है किसका माना है क्यू का माना है आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्यू का मान आपने निकाल लिया आपको यफ का मान याद करना यफ का मान यफ बराबर होता है क्यू इन टू ई क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है यह बराबर क्यू इन आता कहाँ से यहाँ से ई इक्वल टू से ठीक क्यों से तो क्यों का मान कितना है तीन दशमलव दो गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस ई का मान कितना है पंद्रह गुड़े दस घाते चार ठीक ध्यान दीजिएगा अब हम क्या करते हैं ये पॉइंट काट के यहाँ बटे दस लगा लेते हैं इनको काटते हैं देखिए पान धुनी दस पान त्याई पंद्रह दो एक के दो सोलह दुनी बत्तीस यानी नीचे कुछ नहीं बचा वहाँ सोलह कितना तीन गुणे 10 घाते माइनस उन्नीस घुड़े घाते 4 ठीक सोलह तिया अड़तालीस और उन्नीस में से चार घटा दिए 10 घाते 15 ठीक ये पॉइंट एक अंक इधर ला दिए चार दशमलव आठ गुड़े दस घाते 16 न्यूटन का बल लगेगा गाइज तो इस प्रकार आपका ये भी सवाल क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है 26 नंबर भी तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले चाहिए हम तो लोग आगे की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ एक मिनट ध्यान दीजिएगा गाइज यहां पर जब आप पॉइंट को एक अंक इधर लेके तो एक अंक इधर ले गए तो यहां से एक अंक इसमें प्लस हो जाएगा तो एक अंक प्लस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा चौदह ठीक तो इस बात को ध्यान दीजिएगा अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं प्रश्न नंबर सत्ताईस आपसे क्या कर रहा है जो कि ध्यान दीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में पूछा भी गया 2010 में ये यूपी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद भी कई बार पूछा गया होगा क्या कर रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है आपको उस वैद्युत क्षेत्र का मान याद करना है जि, जिसके लिए एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर तो एक इलेक्ट्रॉन पर वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर के कारण लगने वाला भार बल लगने वाला भार बल ध्यान दीजिएगा बराबर विद्युत बल बराबर इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगने वाला विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला विद्युत लगने वाला विद्युत बल वो प्रश्न में खुद कह रहा कि ये दोनों बराबर हो भाई इलेक्ट्रॉन के भार के कारण जो बल लगेगा वो और इलेक्ट्रॉन के विद्युत के कारण जो बल लगेगा वो दोनों बराबर हो तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा तो ध्यान दीजिए किसी भी द्रव्य किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण जो भार बल होता है वो होता है m इंटू जी यम इंटू कितना होता है g होता है बराबर इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला बल तो इलेक्ट्रॉन एक आवेश है आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होता है q इंटू ई ई यहाँ क्यू क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ रख देंगे तो एम ए बराबर ई कैपिटल ई कैपिटल ई e का मान चाहिए ये विद्युत क्षेत्र है इधर हम कर देंगे एम जी अपान कितना आ जाएगा ई e बराबर कैपिटल ई चलिए मान रखते हैं यम यम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है नौ दशमलव एक गुड़े दस घाते माइनस इकतीस और जी का मान होता है नौ दसमलव आठ ई e का मान होता है एक दसमलव छः दस बराबर ई e. ध्यान दीजिए ये उन्नीस और ये कट जाएँगे ठीक इतने कट गए अब आपके सामने क्या बचा ध्यान दीजिए इस आपके सामने बचा नौ दशमलव एक गुड़े नौ दशमलव आठ बटे कितना आ गया एक दशमलव छः यहाँ उन्नीस कटा यहाँ दस घाते माइनस बारह बचा कितना बचा दस घाते माइनस बारह बराबर ई ठीक अब आप इनको हल करेंगे ध्यान दीजिएगा इनको हल करेंगे तो हल करने के बाद आपको आंसर मिलेगा आपको आंसर मिल जाएगा पाँच पाँच दशमलव पाँच एक बुढ़े दस घाते माइनस ग्यारह न्यूटन न्यूटन प्रतिकुलाम ये ई का मान मिलेगा आपको ध्यान दीजिएगा आप इसे हल करोगे तो ये ई का मान आपको मिल जाएगा गैज इस प्रकार आपका जो सत्ताईस नंबर है वो कंप्लीट होता है फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं पहले आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं अट्ठाइस कर रहा है हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगेस्ट्रॉन्ग की दूरी पर हीलियम के नाभिक के कारण हीलियम के नाभिक के कारण सोचिए कि ये आपका हीलियम हो गया और ये हीलियम का क्या हो गया नाभिक हो गया तो हीलियम के नाभिक के कारण एक एंगेस्ट्रॉन की दूरी पर एक एंगेस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युछेद की तीव्रता की गणना कीजिए एक एंगेस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युच्छेद की तीब्रता की क्या कर है गणना कीजिए तो आप ध्यान दीजिए आपको क्या कह रहा है कि कोई हीलियम का नाभिक है उससे एक इंगेस्ट्रॉन मीटर की दूरी पर एक इंगेस्ट्रॉन की दूरी पर जो है कोई बिंदु बिंदुप्पी है जिस जिसपे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो लिखते हैं माना बिंदु बिंदुप्पी माना बिंदु बिंदुपी एक इंगेस्ट्रॉन की दूरी पर है की दूरी पर है जिस पे क्या ज्ञात करना विद्युत क्षेत्र की तिव्रता ज्ञात करनी है सबसे पहली बात हम लोग एक इंगेस्ट्रॉन को बदल देंगे तो 10 घाते माइनस दस मीटर हो जाएगा एक इंगेस्ट्रॉन बराबर उसके बाद दूसरी बात हीलियम के नाभिक पर आवेश हीलियम के नाभिक पर आवेश कितना होता वो पता होना चाहिए नाभिक पर आवेश जो होता है क्यों बराबर दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के आवेश के बराबर दो प्रोटॉन के आवेश के बराबर तो या हम लिख सकते हैं दो प्रोटॉन के आवेश के बराबर प्रोटॉन के आवेश तो ध्यान दीजिए दो गुड़े प्रोटान पर एक दसमलव छह गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस हल करोगे तीन दसमलव दो गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस गुलाम आ जाएगा ठीक तो अब आइए बिंदु P पर वैद्यो क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो बिंदु P पर वैद्यो क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा के Q बटे आर स्क्वायर के का मान नौ गुड़े दस घाते नौ क्यू का मान तीन दसमलव दो गुड़े दस घाते माइनस उन्नीस और R। R का मान कितना है दस घाते माइनस दस है दस घाते माइनस दस का होल स्क्वायर इसको हल करते हैं ऊपर नौ गुड़े आ जाएगा उन्नीस ये दस घाते नौ और गुणे दस घाते माइनस उन्नीस नीचे दस दुनी बीस तो दस घाते माइनस बीस आ गए ठीक ध्यान दीजिएगा दस घाते माइनस बीस ये इनसे कट जाएंगे ऊपर एक बचेगा कितना बचेगा ध्यान दीजिएगा ऊपर सॉरी नीचे एक बचेगा नौ गुड़े तीन दस मल ये ऊपर गए तो एक दस घाते नौ गुड़े हो गए ये पॉइंट काटे बटे दस लग गए दस से दस कैंसिल नौ दुनी 18, 9 तक 27 से 28, 288 सौ अट्ठासी गुड़े दस घाते नौ एक दो दो अंक इधर आए तो 2.8 दो अंक उधर आए नौ दो ग्यारह तो दस घाते न्यूटन प्रति गुलाम आगेगा इस तो इस प्रकार आप ई का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं 2.8 दशमलव आठ गुड़े घाते ग्यारह न्यूटन प्रति गुलाम जी बिल्कुल आपका आंसर आया दो दशमलव आठ आठ घाते ग्यारह न्यूटन प्रति गुलाम ठीक गायज तो आप इस सवाल को जो है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और गायज अगर सवाल समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़बरदस्त कीजिएगा क्योंकि आज आप इस वीडियो पे जितना प्यार दिखाओगे आपको जो है आगे उतनी ज़्यादा वीडियो इसकी मिलेंगी ठीक गाइज तो चलिए आज चलिए गाइज ध्यान दीजिएगा उनतीस नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जो कि 2012 में पूछा गया है ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न यूपी 2012 हज़ार बारह में पुटअप किया जा चुका है एक बार तो कह रहा है पाँच गुड़े दस घाते माइनस आठ कुलम बिंदु आवेश से पाँच गुड़े दस घाते माइनस आठ तो क्यों का मान पाँच गुड़े दस घाते माइनस आठ कुलम दिया है कह रहा है इससे कितनी दूरी पर मान कितनी दूरी पर बैद्य छेद की तीव्रता चार 450 न्यूटन प्रति न्यूटन हो जाएगी कितनी दूरी पर तो माना माना r दूरी पर स्थित r दूरी पर पर पर स्थित बिंदु बिंदु P P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति न्यूटन हो जाएगी ध्यान दीजिए अब आप क्या करोगे अब अब आपको क्या ज्ञात करना आर ज्ञात करना बी दूरी पूछ रहा है हम फार्मूला जानते हैं ई बराबर वन बटे फोर पाई एफ नॉट आठ क्यू बटे आर स्क्वायर इतने पूरे का मान होता है नौ गुड़े दस घाते नौ क्यू का मान दिया है पाँच गुड़े दस घाते और आर स्क्र ये आपको ज्ञात करना है E का मान पहले पता है 450 ठीक देखिए अब करते क्या हैं ध्यान दीजिए यहाँ 450 रखते हैं नौ पचे पैंतालीस नौ में से आठ घटा दिए दस बचा बटे आर स्क्र तो भैया ये ये कट जाएंगे पूरे पैंतालीस दाममा साढ़े चार कट गए तो यहाँ क्या बचा एक बचा बराबर आर स्क्यर इधर से स्क्यर हटाए तो का मान आ गया एक तो भैया R का मान कितना आ गया एक मीटर तो कितना हो जाएगा एक मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 450 न्यूटन प्रति न्यूट्रम हो जाएगा तो गायज आप लोगों का जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया वो ये है तो आप इसको पहुँच करके नोट कर सकते हैं फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं चले आज के सेशन का लास्ट सवाल गायज आज के सेशन का लास्ट सवाल करा है एक बिंदु आवेश एक मीटर दूरी पर एक बिंदु आवेश एक मीटर दूरी पर उत्पन्न एक मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 सौ बोल्ट प्रति मीटर है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 सौ बोल्ट प्रति मीटर है तो वैद्युत आवेश का मान क्या होगा क्यों का मान पूछ रहा है गाइस तो इस सेशन का इस लेक्चर का ये लास्ट सवाल होने वाला है अगर अब भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो गाइज शेयर कीजिएगा तो चलिए हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं अब हमारे पास फार्मूला क्या था ई बराबर वन बटे फोर पाई एपसालू बटे आर स्क्वायर तो ई का मान कितना है चार इसका मान होता है नौ गुणे ये क्यूँ आपको ज्ञात करना आर का मान कितना एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर करो कोई मतलब नहीं निकलने वाला गाइज तो इन सब को हम लोग इधर की तरफ कर देते हैं इन सब को हम लोग इधर की तरफ करेंगे तो बटे में आ जाएंगे तो 450 सौ पचास बटे नौ गुड़े दस घाते ठीक बराबर कितना आ गया Q? ये देखिए 9 इक्के 9 नौ, नौ पच्चे पैंतालीस और ये ज़ीरो से जीरो आ गए तो यानी मिला जुला ये ऊपर गए, इस ध्यान दीजिएगा ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो पचास गुड़े दस घाते माइनस तो एक यहाँ आप कम कर सकते हो एक जीरो यहाँ से एक पावर कम कर देगा पाँच गुड़े दस घाते माइनस आठ गुलाम ये आ गए क्यू का मान क्यू का मान कितना आ गया पाँच गुड़े दस घाते माइनस आठ गुलाम तो गाइस इस प्रकार ही आपका तीस नंबर सवाल क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है आप आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा और गाइज आप लोग जो है वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा तो थैंक यू ऑल रेयर स्टूडेंट टॉप टेन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को थैंक यू